अरे यार सीजन टू वाले भैया क्यों पॉप की बेजती करवाने में लगे हो हाँ? क्यों? मैंने क्या किया ये बताओ मैंने कुछ किया तुमने क्या किया कुछ नहीं कैंपिंग के अलावा तुम कर भी क्या सकते हो अच्छा मैं कैंपिंग कर रहा था अरे क्या तुम ही तो कर रहे थे? अबे कितना झूठ बोल रहा है तेरे को शर्म नहीं आती हमको एक एक बे? तेरी तरह चप्पल चोर थोड़ी ना हो बोल के लोगो कुछ की बता दे बोरी में चोरी तो होती रहेगी ये बताओ गोली क्यों चलाई मैंने चलाई झूठ ना बोले तेरा टीम ने पहला चलाई तब चलाई मैंने और अपने टीममेट को समझा लू ना मार मार का बात बना दे आ? क्यों उसको क्या समझा ले उसने क्या किया देखो तो अपने टीममेट को कैसे मारने के लिए तैयार है तब से उसकी बेचती किया जा जारो मारेगा नहीं और क्या लॉलीपॉप खिलाएगा इधर देख अगर तेरा तो टीममेट तो ने टच भी ट तो मार मार के पेचक बना देंगे बस इतनी सी बात चलो हम टच कर लेते हैं तुम लाइक कर देना